अजीज भाई अल्लाह के नेक बंदे से अल्लाह का बंदा समझ के प्यार करे और अल्लाह का नेक बंदा समझ के उसके साथ फोटो आना जरूरी नहीं उसके साथ प्यार होना जरूरी है और अगर मोहब्बत खलास वाली हो प्यार वाली हो अकीदत वाली हो तोरत बुजर के फारी ने तो कहा था यारसोल्ला अगर बंदा किसी नेक बंदे से प्यार करे ना उससे मिल सके ना उस तरह के काम कर सके फिर भी कोई नतीजा निकलेगा तो हजूर ने फरमाया प्यार खालिस करें अल्लाह क़यामत के दिन दोनों को जमा फरमा देगा जो मोहब्बत करेगा सुबह क़यामत उसी के साथ होगा शायद जदों किसी पंजाबी के शायर ने, ने सामने आ जाने जो जो मुँह थी बोले या बोल होवे असा भी कोल हजूर दे बैठ रहना है लख अमल तरकड़ी तोल होवे उदो तो को कि रब ने हिसाब लैना जो बैठा ही मुहम्मद के कोल हो